मोबाइल लैपटॉप टैबलेट अब सब एक ही चार्जर टाइप सी से हो पाएंगे चार्ज जारी हुआ आदेश ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक राहत का फैसला किया है यहाँ टाइप सी चार्जर को अब कॉमन कर दिया गया है जिससे मोबाइल लैपटॉप और टेबलेट चार्ज होंगे लैपटॉप का चार्जर अलग मोबाइल का अलग और बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का अलग चार्जर होता है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा इन सभी को एक ही किस्म के चार्जर टाइप सी से चार्ज किया जा सकेगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने स्मार्टफोन से लेकर बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए टाइप सी चार्जर को कॉमन चार्जर सॉल्यूशन कहा है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने कहा है की वी ने मौजूदा अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब ऐसी टाइप सी केबल और कनेक्ट को अपनाने की बात कही है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा जारी बयान में सामने आया है कि कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टैक्सी बोर्ड प्लग और केबल के जरिए चार्ज किए जा सकते हैं इनमें मोबाइल फोन लैपटॉप और नोटबुक शामिल हैं। बीआईसी के इस फैसले से यूजर्स को बहुत सहूलियत होने वाली है जहां लोग बैग। मैं भले ही तीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखते हूँ लेकिन उनके लिए टैक्सी चार्ज सिर्फ एक ही रखने ऐसी काम चल जाएगा कयास लगाए जा रहे हैं की मार्च दो हजार पच्चीस तक सबके लिए कॉमन हो जाएगा सभी डिवाइस के लिए एक चार्जर कहने का मतलब ये है कि अब आपको लैपटॉप के लिए अलग टैबलेट के लिए अलग और मोबाइल के लिए अलग चार्जर रखने की जरूरत नहीं होगी बता दें कि बोर्ड ने टाइप सी चार्जर को सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए कॉमन बनाने की बात को लेकर स्टेकहोल्डर्स के बातचीत की है सोलह नवम्बर दो एक टास्क फोर्स गठित करते हुए मीटिंग में इस बात आरोप विचार विमर्श किया था